अनुसूचित जाति आयोग को एक शिकायत मिली है जिसमें पंजाब के पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी गई है जिसमें कहा गया है कि पी से कुछ लोगों को पदोन्नत करके आईपीएस के लिए रिकमेंड करके भेजा गया है उनकी पदोन्नति की गई है और उसमें से 24 अधिकारियों में से एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है जो चिंता का विषय भी है और ये ऐसा देखकर लगता है कि कहीं न कहीं जो है डिस्क्रमिशन हुआ है और उसके अनुसार ही हमने अभी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को पत्थर लिख कर इसकी घटना पूरी जांच की मंगवाई है और जैसे ही उनकी जांच की रिपोर्ट आती है उसके बाद ही उसी आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे और उसके आने के बाद ही हम इस पर आगे की का... कैसे होगा ये बताना संभव होगा